छतरपुर में चंदला के बीजेपी दलित विधायक राजेश प्रजापति के साथ लवकुशनगर थाना प्रभारी हेमंत नायक द्वारा दुर्व्यवहार किया गया जिसके बाद एसपी सचिन शर्मा ने थाना प्रभारी हेमंत नायक को लाइन अटैच कर दिया है जरा देखिए किस तरह टीआई विधायक राजेश प्रजापति के साथ बदतमीजी कर रहे हैं दरअसल मामला विधायक के मुंडेरी गांव का था जहाँ एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसके पति के साथ मारपीट भी की गई जिसकी शिकायत लेकर दोनों दंपति थाने पहुंचे थे लेकिन जब चार घंटे तक उनकी शिकायत नहीं लिखी गयी तब विधायक को इसकी जानकारी लगी और वे थाने में महिला की शिकायत न लिखने की वजह पूछने आ गए। लेकिन जब उनकी भी बात थाना प्रभारी ने नहीं सुनी तो वह थाने के गेट पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर के धरने पर पर बैठ गए। विधायक के बैठे होने की सूचना टीआई को लगी तो वह थाने में आए और तेस में आकर अपना आपा खो बैठे और विधायक से बदतमीजी करने लगे जिसके बाद विधायक रात तीन बजे तक थाने में बैठे रहे और टी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे और विधायक के धरने पर बैठे होने की बात जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पता चली तो बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विधायक के साथ हुई बदतमीजी पर टीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे तब एसपी पी सचिन शर्मा धरना दे रहे विधायक के पास पहुंचे और विधायक की मांग पर टीआई हेमंत शर्मा को उन्होंने लाइन अटैच कर दिया और उनके खिलाफ जांच की बात करते हुए विधायक का धरना समाप्त करवाया ये कैसी बात कर रहे हैं आप हाँ, बनाइए ना विधायक से।, से बात नहीं जबदमा काम करा रहे आप। नहीं, चिल्लाइए करिए चिला आप बैठिए ना आप झूठा मुकदमा काम कराने बताइए कहाँ से बात करिए। मैं बैठा आप कोई चोट लगी है बिल्कुल बैठेंगे जाओ आप जूटा जूटा आप मुकदमा कराओगे मैंने करा कर प्रयोग करोगे नहीं जूटा रहा रहा? जूटा आप जूटा जूटा जूटा जूटा की जा रही थी मैं यहाँ को बोला होगा के बाद वो एफ नहीं हुई होगी तो जब महिला ने महिला के परिजनों ने बताया होगा तो माननीय विधायक जी यहाँ आए थे उस दौरान हॉट हाँ टॉक यहाँ हुई है गर्मागर्म की बात हुई थी जिसका वीडियो वायरल हुआ है हम सब ने देखा है उस संबंध में हम लोगों को पता चला तो हम लोग भी मौके पर आए पी साहब सब लोग पुलिस भी, भी यहाँ पर हैं और अभी हम लोगों के बैठ चर्चा हुई है जो भी ये घटनाक्रम हुआ है उसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है संबंधित थाना प्रभारी को लाइन हजार कर दिया गया है आने वाले समय पर और भी कार्रवाई की जाएगी जो विधायक जी की मांगे हैं वो पूरी है। और जो विधायक जी की मांगे वो, वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज